ने वो तेरी झलक शर्फी शिव नामक गुड गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग सर सर बच्चा नहीं जितने आए हैं हम तो देखो भैया पढ़ें। पढ़ेंगे सब आप ठीक है तो बताओ क्या पढ़ाया जाए यार का नहीं बड़ा रहा था ना। मैं जो नहीं साला चौके गाँसा ke gariza ke bhai o teri chhalak है, है, क्या? क्या तू आज नहीं, नहीं, तो क्या नहीं <स्थारी> और हाँ तर टन की आवाज बराबर आनी चाहिए पुस्पा टर टन की आवाज गए थ्री आई एम डो वन डो वन से